दर्शकों नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के ऐतिहासिक चैनल एस्ट्रो एस्टोविदासीज पे वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर माह क्या कुछ नया लेकर के आया है साथ ही साथ सितंबर माह में वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल दिवस कौन कौन से हैं उनके लिए प्रतिकूल दिवस कौन कौन से हैं उनका लकी कलर क्या रहेगा और इस माह को प्रभावी बनाने वाले शुभ उपाय कौन कौन से हैं इन सभी विषयों पर हम दर्शकों अच्छा सा चर्चा करेंगे आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले बताना चाहेंगे कि सितंबर माह में हमारे कई जगह के कार्यक्रम लगे हुए हैं आप लोग जो है स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इच्छुक दर्शक जो कोई भी हमसे मध्य प्रदेश में खास करके उज्जैन में मिलना चाहता है तो आप लोग जो है अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं तो वृषभ राशि के जात को एक से लेकर के 9 सितंबर तक आर्थिक कुछ तंगी रहती हुई नज़र आ रही है कार्य में आपके बिजनेस में जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे प्रॉपर कुछ लाभ होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है इवन यदि आपने किसी को पैसा दिया है और आपको पड़ेगी तो आपको पैसा इस दौरान एक से नौ के बीच में मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इस पीरियड के दौरान आपकी जो है आपसे यही राय है कि कोशिश कीजिएगा कि पैसा अगर कोई उधार मांगे तो आप लोग प्लीज मत दीजिएगा तो कुछ एक से लेकर के नौ तक की सितंबर माह में आर्थिक तंगी रहेगी पारिवारिक समस्याओं के कारण बंधु बांधओं से कुछ विरोध का सामना करना पड़ेगा फिर चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर के हो फिर चाहे वो वाहन को लेकर के हो फिर चाहे वो विचारों को लेकर के ही क्यों ना हो तो पारिवारिक समस्याएं रहेंगी बंधु बांधवों से विरोध रहेगा मानसिक रूप से इस दौरान आप स्वयं को बड़ा ही असहय असहाय महसूस करते हुए नजर आएंगे एक से नौ के बीच में आपको जो है उच्च रक्तचाप की भी शिकायत होती हुई दिखाई दे रही है तथा किसी वायरल इन्फेक्शन का आप लोग शिकार रहेंगे भूमि भवन तथा स्थायी संपत्ति जो है संबंधी समस्याएं जो है आठ तारीख के बाद से कुछ हल होती हुई नजर आएगी तथा कार्य क्षेत्र में भी आपके स्थान परिवर्तन का योग दिखा रहा है माता अथवा मातृतुल्य महिलाओं को कष्ट रहेगा जी हाँ, पैर से रिलेटेड कोई दिक्कत रहेगी दस सितंबर के आसपास आपके अधिकार क्षेत्र में अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी आपको कोई नया टास्क आपके उच्चाधिकारी दे सकते हैं इस दौरान वेतन वृद्धि हो सकती है और आपके कार्यों की प्रशंसा चारों होगी वही व्यापार में भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी आपकी आर्थिक स्थिति इस दौरान अच्छी रहेगी धन के नए नए मार्ग नए नए आयाम प्रशस्त होते हुए नजर आएंगे पूर्व में किए गए निवेश आपको इस महीने बेहतर रिजल्ट बेहतर रिटर्न देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इस माह प्रेमी युगलों में प्रगाढ़ता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कोई नया प्रेम संबंध वृषभ राशि के जातक स्थापित करते हुए नजर आ रहे हैं यदि आप किसी प्राइवेट अथवा सरकारी नौकरी में है और इंटरनल इंटरनल एग्जाम आप लोगों ने दिया है विभागीय परीक्षाएं आप लोगों ने दी है तो इसमें आप लोगों को सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी इस माह में जो कोई भी जो है फिल्मी जगत से जुड़े हुए फिल्म सितारे हैं या राइटर है लेखक है वृषभ राशि से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके लिए काफ़ी कुछ अच्छा लेकर के ये माह आया है इस माह में आपकी तमाम जो है मूवीज़ वगैरह फिल्में वगैरह काफ़ी हिट होगी वहीं ग्यारह से सोलह सितम्बर तक आकस्मिक रूप से किसी झगड़े झंझट में आप लोग फंस सकते हैं तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि 11 से 16 के मध्य आप लोगों को किसी दूसरों के लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है जीवन तल साथी तथा संतान से भी कुछ अनबन हो सकती है मतभेद हो सकती है संतान आपके कहने में नहीं सुनेंगे योजनाओं के अनुरूप कार्यों में तथा प्रेम प्रकरण तथा वार्ताओं में सफलता नहीं मिलेगी वहीं सत्रह सितंबर से लेकर के और अट्ठाईस सितम्बर तक की फिर से आपको जो है बाउंस बैक करने का मौका मिलेगा आपकी जो आर्थिक उन्नति रहेगी ये काफ़ी अच्छी रहेगी जो लोग आपको पैसा नहीं दिए थे जिनको आप लोगों ने दिया आपको वापस नहीं कर रहे थे इस दौरान आपको पैसा वापस करेंगे आपके बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होगी विदेशों से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं इनको बाहर जाने के भी मौके मिल रहे हैं इनके तमाम प्रोजेक्ट वगैरह भी जो है अपने फाइनल टचअप में रहेंगे लेकिन खर्च अधिक रहेगा तो व्यय का आपको ध्यान रखना रहेगा संतान का स्वास्थ्य जो है कुछ विपरीत रूप से प्रभावित करेगा बुखार वगैरह आ सकता है सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी इस माह किसी धार्मिक यात्राओं का भी योग बन रहा है मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और आपका जो गौरव है इसमें वृद्धि होती हुई नजर आएगी आपके विरोधी पक्ष इस दौरान आपसे परास्त रहेंगे तमाम जो झगड़े झंझट हैं उससे आप लोग बाहर निकलते हुए नजर आएंगे कोर्ट कार्यों में आपको सफलता रहेगी उन्तीस तथा तीस सितम्बर में कार्यों में कुछ आपको असफलता जो है मिल सकती है जिससे मन आपका बड़ा निराश होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आ, वही पठन पाठन अध्ययन अध्यापन में अरुचि रहेगीवारी मान तथा मानसिक शक्ति का ह्रास होता हुआ दिखाई पड़ रहा है मित्रों एवं हितैषियों से कुछ आपको असुविधा होती हुई नजर आएगी आपके अंदर जो राज की बातें हैं इसको आप लोग गोपीय ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा वही महीने के अंत में प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ बात विवाद हो सकते हैं वाहन इत्यादि आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक चलाना पड़ेगा अन्यथा यात्राओं में दुर्घटना का भय बना रहेगा चलिए वृषभ राशि के जातको ये तो था सितंबर माह का राशिफल अब चलते हैं आपके लिए अनुकूल दिवस कौन कौन से रहेंगे या यूँ कह लें आपके लिए सर्वथा शुभ दिवस कौन से रहेंगे तो दो तारीख सात तारीख नौ तारीख बारह तारीख चौदह तारीख सत्रह तारीख चौबीस तारीख छब्बीस तारीख सत्ताईस तारीख आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा प्रतिकूल दिवस की यदि हम बात कर लें तो एक तारीख रहेगा तीन तारीख रहेगा चार तारीख रहेगा आठ तारीख रहेगा 18 और 19 तारीख आपके लिए प्रतिकूल जाएगी 21 तारीख हो गई उसके बाद 28 तारीख हो गई और 30 तारीख ये जो दिवस रहेंगे ये आपके लिए प्रतिकूल रहेंगे इन दिवसों में आपको विशेष करके बचना रहेगा किसी से बात विवाद नहीं करना रहेगा किसी को धन उधार नहीं देना रहेगा और किसी से प्रॉमिस वादा मत करिएगा। अब चलते हैं आपके लिए इस माह तो आप पिंक कलर का भी प्रयोग करके शुभता में वृद्धि ला सकते हैं इस माह को प्रभावी बनाने के लिए कुछ हम आपको प्रयोग बता रहे हैं पहला प्रयोग हम आपको धन संबंधी बता रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि शुक्रवार वाले दिन आटे में थोड़ा सा चीनी मिक्स कर लीजिएगा और इसको आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जहाँ पर चीटियाँ आती हों वहाँ पर आपको इसका छिड़काव करना रहेगा दूसरा प्रयोग हम आपको बता रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे तो कोशिश कीजिएगा कि नहाने के पानी में आप 10 बूंद तिल का तेल डाल करके स्नान करिए ज़्यादा अच्छा रहेगा किसी विशेष काम से यदि आप जा रहे हैं तो काली सरसों के कुछ दाने अपने जेब में रख करके तब बाहर निकलिएगा आपके अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होगी इस माह कोशिश कीजिएगा कि मंगलवार का व्रत यदि आप लोग रह सकते हैं उपवास रह सकते हैं तथा मंगलवार मंगलवार सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा तो इस माह को प्रभावी बनाने के लिए वृषभ राशि के जात ये तो थे कुछ उपाय कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और यदि अभी तक दर्शकों आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइए तथा अगर इस प्रोग्राम को हमारे यहां फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए अवतार में तब तक के लिए नमस्कार